हाय गाइज मैं हूं जैक छपरी केटीएम लवर बॉय ये एक लीटर पेट्रोल डालने पे एक पेट्रोल वाले ऑफिस में ले जाके दो बार डालना है एक लीटर में भी क्या तरीका ये? आज हम पे पैसे नहीं है ना तो। पेपर ले आज वहां पे सर ने कैमरा लगा दिया भाई बहुत ही लड़के पकड़े गए पर एक लड़के का नाम बताया नहीं पता नहीं कौन है वो कह रहे हैं कि ग्राउंड में ले जाके मारा जागा उसे अलग से पता न उसने ऐसी हरकत की तेरा मुंह की लटक गया है तू और मैं तो आज चीटिंग चिटिंग न लेके गए थे अबे बात चीटिंग की नहीं है यार तो अबे मैं ना आज उस एरिए में मुठी मार दी अबे अब सड़ी थे अरे एक तेरी देंग यही लाइन खराब है सर मेरी बहुत सर आगे से गालू इसको कहो तेरी काली तेरी काली अखी उसे जिंद मेरी जागे बहुत बहुत बहुत प्लीज, तुम प्लीज प्लीज रो प्लीज, मत कूल तुम्हारी हालत खराब हो जाए प्लीज, हो जाएगी गया ने, ने, कर दिया तू मैं क्या करूँ मुह में तू अब मैं उसने गुस्से वाला तोड़ दूं मोटे से मोटा फिर भूसे में ताला और मैं उल्टी खोपड़ी तो वाला और तू मैं दो वाला मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बी एस है हाँ है ना एच डी क्वालिटी में अरे भोसडी के मेरा बी एस है क्या बात कर रहे हो लिंक सेंड करो कौन है ये मुटकल देखो कहाँ ऐसी ये आया हस्त में तून में जिता बताओ कौन मुझे ना है तुझे है देखो हर बोलने वाला शख्स यही कहता मुझे ना है अब भैया खुद आया है छोड़ा है किसी ने जब ना है कह डॉक्टर साहब घर का